करेंगे आप सेटिंग में जाके कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाएंगे और मैं इसका एयरप्लेन मोड ऑन कर लेता हूं अभी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे एयरप्लन मोड ऑन करने के बाद यहां से मोबाइल के नेटवर्क भी चले गए हमको नेट चलाना है उसके लिए फ्रेंड्स आप सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ ऊपर लिखेंगे इंटरनल इंटरनल लिख के आप सर्च करेंगे फ्रेंड्स कोई भी सेटिंग जो आपको ना मिले हो आप यहाँ सर्च में लिख के उसको ईजीली में फाइंड आउट कर सकते हैं अब यहाँ आप इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे इंटरनल स्टोरेज पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ आएंगे एक ऑप्शन है इंटरनल स्टोरेज आप इस पर तीन बार टैप करेंगे ये टैप होने के बाद ये फ़्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आ गए आपके फ़ोन इनफॉर्मेशन वन फ़ोन इन्फॉर्मेशन टू और वाईफाई इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स अगर आपके मोबाइल में दो सिम हैं तो उसी वजह से फ़ोन इन्फॉर्मेशन वन और फ़ोन इन्फॉर्मेशन टू ये इस तरह से आ गए हैं अगर आप सिम वन से नेट चलाते हैं तो आप फ़ोन वन पे जाएंगे अदरवाइज आप फ़ोन इन्फॉर्मेशन टू पर जाएंगे तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन वन पर गए यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड नीचे की तरफ ये ऑप्शन है आपका मोबाइल रेडियो पावर ये अभी ऑफ स्टो ऑफ कर रहा है इसको क्या करना है फ्रेंड्स आपको ऑन करना है एक बार टैप करेंगे वो ऑन हो जाएगा ठीक है आपके में ऐसे अगर ऑफ हुआ हुआ है तो आपको इसको ऑन करना है ऑन कर देंगे फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपका इंटरनेट शो होने लगा इंटरनेट की स्पीड शो ऑफ होने लगी अभी फ्रेंड्स आप यूट्यूब पे जाएंगे या जो भी जो भी आपको ओपन करना है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू